देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मारे देश की धरती हमारे आ, आ, देश की धरती सोना उगले मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती अरे यू का होगा गंडिया फट गई बेच के पास जाने पड़ोगो मेरे देश की धरती तो आधे इंटों कर ली है जुका आगा। आगा। आगा। गंडिया फट गई जू धरती तो महंगी पा गई मेरे मैया जू कहा गया हमारे गाँव में सरपंच जी सरपंच जी सरपंच जी भैया सरपंच जी सरपंच जी करे बछुआ का चिल्ला रहे वाह वो बीर पालन के खेत वाह। में से पहले लंडवा निकाल कर तो बात कर ले अब बता का भाव काय चिल्ला रो है सरपंच जी वो बीर पालन के खेत में हाँ हाँ बीर पालन के खेतन में जूकर चुकी तो पकड़ ली क्या मैं भी लूंगा हम कैसे पीछे रह जाये कहा सरपंच जी रे रामपुन्नी के भाव भाउ तो भाव का साफ साफ बता मोए सरपंच जी वो बीरपाल के खेत में पप्पू बेहोश पड़ो पता न होगा उसे सही बात है जो सच बता पप्पू बेहोश पड़ो है तू भाई रुक मैं भी आ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो सरपंच जी बीरपाल को खेत इतना लगा मुझे पता है बीरपाल को खेती है मैं इतना पकोन के घर लगन लेके जा रहा हूँ तो सरपंच जी जब लगन लेके जा रहे हो तो ये बताओ बारत कितने बजे चढ़ेगी और दावत मेरे अकेले की है चूलन है अगर अकेले की होगी तो भगवान लेके आऊंगा घर के लिए भी लेके जाना है ना तो इधर के लंडवा लेने जा रहा हो वो वहाँ बेहोश पड़ोतन में इधर वो चलो ना यार वो बात ना है मैं पप्पा के घर जा मारे जा रहा हूँ पपुआ की लुगाई मारी सेटिंग है थोड़ी जरा चुम्मा चाटी हो जाती जब तक पपुआ बेहस पड़ो है। अभी बता का रहा सारे गाँव वाले नार बारो से मत बोलना गाँव में हमारी बहुत इज्जत है गाँव के सरपंच है हम बो बात अलग है की हम सेक्सी मिजाज के आ यार जल देखा बाल के खेत में क्या वाला ऐसी क्या चीज देख ली तूने जो देखते ही तेरी घंटिया फट गई इतना तो बढ़ो सरपंच जी और जो मोटो हो कारो कारो बाखेत में से निकल कर बाखेत में को भागो हम देखेंगे काबलो है चलो सरपंच जी बो चल सरपंच जी बड़ा पपुआ बहनचो, इसके हाथन पे बला तो क्या बोला है पीछे पीछे के, देखने दे, क्या इसके पे लाल लाल सा बहनचो पूरा हाथ लालन हो रहा है जोनू कोई बारस दिखा रामपुन्नी के छुए मत, एक काम कर जाओ तेजा उसे उठा मारे पड़िए लंडवा को जरूरत जो जागो मुझसे इतना बड़ो तुम उठाओ जागो मैंने अपनी दुधिया तक छोटी कर ली अब दबाएगा देख रहा हो ब्रह्मपाल कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है जू भाई से पति मारो पड़ो जा को कोई फर्क न पड़ तो और सरपंच के साथ लंडुआ को जरूरत पा शंकर की पेटी ने दारू माल दारू की बेटी ने इनकला जिंदाबाद बंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जैक बना अपन दारू तो दिया कौन छोटी हो अब मौसे जो दुख ना देखो नदी गुजारो मैं जा रही है पपुआ आ, मेरी जान रहो भी मेरी जान बुलबुल बुल। है तुम्हें चैन ना है जहाँ मेरे पति मरो पड़ो पूरे गांव वाले ने देख लो तो इशारे बाजी कर रहे हो हम है तो खातिरदारी करने के लिए रात, रात को करेंगे गुंडी बातें चल ठीक है रात को आऊंगा हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ ठीक है रात को आऊंगा हाँ भाई गारो कहा भाव ये पंचायत कहा है बैठाई तो सरपंच जी भाव मारो लंडुआ ऐसे सरपंच ना मेरी जेम में पड़ रही थी बता भाई रामपुन्नी के कहा भाव तो सरपंच जी कुछ पतो चलो जा वायरस को जो वायरस कौन सा हुआ गाँव में है जो तिहानी पहुंचा रहा हो गाँव वालों ने जाको पता निकालो कुछ जाके देखो गांव बारो देख कितनी लंबी लंबी भी। जा बीमारी जो है एलपली हाथी के कद्दू सरपंच एलपल्ली बिना हो तो है एक्चुअली हो तो है एक्चुअली तो बात ऐसी है गांव बारो एलपल्ली सॉरी एक्चुअली मोए गांव के बाहर जाना पड़ेगो तो सरपंच जी गांव के बाहर तुम कहा करने जाओगे गांव के बाहर जा मारे जाओगो बाहर ठुकाई चल रही है तो सरपंच जी जब गांव के बाहर ठुकाई हो रही है तो जब छोटो वालों भैया तो बहुत फनफनार हो है, और जहाँ गंजियाड़ी को भी फनफनारा हुआ है जहाँ नश्याणी को भी फनफनारो हुआ है हाँ। जब सब काम में देरी ना होनी चाहिए सरपंच जी जब हम भी चलेंगे ठुकाई के मामले में गांव के बाहर जा मारे जाऊंगो वहां पे एक साइंटिस्ट है गो वो बतावेगा गांव में कब बीमारी है तो सरपंच जी कब जाओगे गांव के बाहर जी जायेंगे गांव के बाहर पपुआ की पेल की फेल के पहला पपुआ की बहू पेलेंगे तब जाऊंगे सरपंच थोड़ी ये ये तो जोनी भैया अब मैं रुकूंगा नहीं अब मैं सीधे भाई जा रहा हूँ तो सरपंच जी हम भी चल रहे हैं गांवन के बाहर हैं हम भी जाएंगे पता चलो ना चलो डॉक्टर साहब क्या बीमारी है जो अबे अब झाटू किसने सरपंच बना दिया अबे डॉक्टर हूं मैं भाई इतना बड़ा साइंटिस्ट ना दिखाई दे रही है तू साइंटिस्ट साहब, पता पता चलो? तो लगाया है है मैंने। लाल लाल। बेटे ये है सांडे का और इसे हम तुम्हारी गांड पर लगा के तुम्हारी बो मारेंगे, भाई भाव फड़ी के रख दे इसे ना भाई मैया चुप जाए कहा बीमारी तुम्हारे पूरे गाँव में फैलने वाली है पूरे गाँव में कचू हलना है इसको हल तो है बेटा लेकिन उसमें तुम्हारी बचाना तो पड़ेगा। उसमें तुम्हारी भी बला ना है है? पहले वो बेहोश करता है और फिर लेता है। हम लड़ूंगा उस भूत से हम भी तो देखू कौन सी बला है अच्छा तुम लड़ोगे भूत से के। तू लड़े वो, उस भूत से? करे जा रहा हो। तुम मेरे पास? कल कुछ करता हूं मैं इस बीमारी का अकेले है। इतनी छोटी बोतल में दारो कपते आने लगी काम आएगी अच्छा भारत अब कौन है भैया ये कहाँ से लेकर आया तूने अरे यार जे मेरे गांव के बालक है अबे तो जाती। बड़े बाब निकाले सुतरी होकर निकलो तुम यहाँ से बाहर निकलो बाहर निकलो ओके सरपंच आप तो सरपंच जी ये वाली बीमारी 1945 में चालू हुई थी और अब जाकर ये तुम्हारे गांव में आई है एक बात मारे समझ में नहीं आई 1945 की बीमारी समझा तेईस में कैसे आई इतो लंबो रिश्तों क्योंकि तेरी अम्मा सेटिंग थी उस बीमारी की अब अब गाना कौन है कल को ये, कल को ये मेरे पास को। कब हमारी इत्ती ना भाई, जित्ती आज इन ने करा दी तो सरपंच जी कुछ हल निकलो ना अब जब बीमारी को हल तो मिल जाते इस बीमारी को पर इन दोनों की वजह से हल ना मिलो कल को फिर मुझे जाना पड़ेगा <laughs> सरपंच जी अब मेरे बालगन पे कौन पाले तो सरपंच जी मारे से इसको दुख देखो नाल ना जा करने और जाने पालने को मैं जाकू मैं पूरे परिवार को। अबे रामपुन्नी के पहले हक के सोचना तो सीख ले बेटी चोर पालोगो, चलो तो ठीक है फिर पंचायत यहाँ खत्म होती है कल जाऊंगा मैं साइंटिस्ट के पास जय भीम हाँ भाई साइंटिस्ट साहब आप कछू पता चलो हाँ पता तो लगाया है मैंने तो सरपंच जो तेरी अम्मा थी ना वो मेरे अब्बा से साइड थी मेरा अब सस्ते डॉक्टर मारी अम्मा को कछु मत बोली बड़ी सेक्सी मिजाज की थी हमारी अम्मा पूरा खानदानी सेक्सी लग रहा तो इस बीमारी का हल तो निकाल लिया है लेकिन इस बीमारी का जो भी शिकार हो गया वो अपनी गां से जा रहा है महंगी लगती है। अब, अब क्या? सरपंच को टच कर रहा है अच्छा सुन मैंने सब कुछ एक इस वाली कॉपी में लिख दिया है सारा कुछ इसके हिसाब से इसी के हिसाब से चलना है और हाँ अपनी गांड का खास कर ध्यान रखना उसे बचा कर रहे आदमी लिख दो इसमें अभी दो आदमी मैं चलो कहा अभी नशेड़ियों को ही लेके जाता हूँ मैं ठीक है साइंटिस्ट साहब धन्यवाद शंकर की पेटी दारू का माल एक कहा यू बहन को लोड़ो सरपंच जहाँ का अपने अम्मा को ढूंढा ना हो सरपंच जो की पेटी ये, दे दारू कमाल सरपंच कांगो यू बैठो तो है सरपंच को तो यार मैंने ना आपने आपसे बहुत भोज समझाई यार दारू मत पी मत पी पर जो सारी मुझे छोड़ दी ना जो सारो सरपंच तीन दिख रहा हमने सोची जंगल में भूत मिला वो तो भोसरिया को तीन तीन सरपंच दिख रहा हूँ तो एक बात बताऊ अगर जा जंगल में भूत मोह दिख तो बागे साथ चलेगी पार्टी दो पैग बाघे मेरे। और मेरे कौन पिलागो तू तो पिला के साथ मैं तेरे साथ ही ना हूँ पार्टी कहा लिया सरपंच जंगल में पता तो जू है यहीं मिलोगे भूत मगर इससे पहले मुझे लग रही है भूख हाँ जो बात सही गई सरपंच जी ने मेरे तय आधा किलो कौरमा आधा किलो चिकन फ्राई आधा किलो बिरयानी आधा किलो मूंग मसूर की दाल ले लियो चल जाएगी और मुझे चाहिए ब्रेड जैम ले ब्रेड ब्रेड जैम जैम चावल चावल उबाल के खाऊंगा करने जा रहा हूं मैं मैं भी यार मिलेगी तेरे बाप ने खाई है कभी ब्रेड जैम खागो सारे बापो मजे जिन गण जैम कर दूंगा लंडवा पिला रहा तो है बहुत देख भाई देख रामपुन्नी के जब सरपंच तो भरोसा है ना कुछ खानता ही मोह लाए तो जैसे बढ़िया है मैं आपने को क्वार्टर के ले चखने लेने जा रहा हूँ और कहीं जाइए मत कभी फू फू जा दू। और थारो भाई प्रेमपाल अभी आ रहो। डर लगे तो आवाज दे दीजिए मोहर कहीं चेखना लेना सही? डर लगे तो भाई को नाम ले दिए प्रेमपाल आदि फट रहे थे अभी यार ही रह चावल कहाँ मिलूंगो यहाँ पे यार कहा रह गए ये दोनों यार भूख लग रही है मोबाइल ना तो सरपंच आओ न जो शराबी आओ जो भूत आगा हल तो है बेटा लेकिन उसमें तुम्हारी गांड को बचाना पड़ा उसमें तुम्हारी गांड भी जा सकती है अरे और रामपुर रामपुर समाजरा हुआ हुआ, हुआ कर तेरी हुआ खादमी <स्थास्था> भैया बहन के ने लौटे जरा भी नॉल पकोली का प्रेम पाल कहते हैं अगर हमारे वीडियो अच्छा लगो तो प्लीज यार लाइक करें शेयर करें कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज यार डिस्क्रिप्सन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है जाकर यार फॉलो करें और प्लीज यार बहुत मेहनत करी हम लोगों ने इस वीडियो में तो ज्यादा से ज्यादा यार सपोर्ट करो हम लोगों को यार और आपको आसानी की हम लोग बहुत कोशिश करते हैं मिलते नेक्स्ट वीडियो में लाल बटन दबा दो